पूछेगा अगर खुदा हमसे कि तेरे लिए मोहब्बत क्या है मैं तेरा नाम लेकर हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगी मेरी रूह ना खुदा के घर भी जाके तेरे सजदे में ही सर झुके मैं मर के खुदा दे